नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube आज जीरो जी प्लस पर दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ कि एक एयरबल्ट है मेरे पास वो Realme का है आ, पुराना ही है दोस्तों तो उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो है दोस्तों इसका मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मैं सोच रहा हूं आप लोग को दिखा दो ये आप देख लो ये बहुत से एयरबल्ड मैंने देखा है इस टाइप के होते हैं ये तो दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे ये वाला तो दोस्तों आप लोग ने ये देखा ही होगा ऐसा वाला जरूर देखे होंगे ठीक है इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसा होता है आप लोग यूज़ किए भी होंगे या आपके दोस्त यार जो भी हो वो यूज़ किए होंगे दोस्तों तो दोस्तों मेरा मोबाइल जो हल्का टेढ़ा हो गया दोस्तों मैं अपने फ़ोन से दोस्तों वीडियो डालता हूँ हाँ और ये जो है दोस्तों ये मतलब अलग है दिखने में ये अलग है दोस्तों ये जो दिख रहा है ना ये जो दिख रहा है अलग एक्चुअल में इसका जो मतलब फंक्शन है ना दोस्तों वो भी अलग है इसका एक चीज मैं बता दूं इसमें जो होता है दोस्तों एक आप मतलब ये काम में पूरा छुप जाता है आप अगर पीछे से देखो तो दोस्तों ना ये छूट गया है ठीक है दूसरी बात इसमें एक सेंसर लगी हुई रहती है आप अगर इस पे हाथ रखोगे ना ये तो ये दोस्तों बंद हो जाएगा अगर आपको सिंगल यूज करना है तो ये आप फ़ोन रिसीव भी इससे आप कर सकते हो ये सेंसर लगा हुआ रहता है इसे आप फोन रिसीव भी कर सकते हो और मतलब कॉल काट भी सकते हो इसमें इस सेंसर के कारण होता दोस्तों ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों आपको दोस्तों ये कैसा लगा दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो दोस्तों और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बेलाइकिन घंटी जरूर के बाद दोस्तों जय हिंद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर